देखा पति प्रदेश में असली भोजपुरी है हमारे चाय विधा में भाई के ना यूट्यूब वाले तैयार हो जाते पति प्रदेश में के पचबीस वोट का इलास्ट कहा ना ना, ना भैया को बैठा ला चाय वाले भाई भैया जल्दी से चलिए ना नाई कहे बाह ना कमाई कह कमा मत आवा घरे पतई झरबा कि आम का पतई झरवा झरबा तो हम जाने रुपये झाड़ा तुम्हें चलिए तू रोक कैसे नती करी न पढ़ी पढ़ी हाथ जो भी दिन की करीब पियापी pia mohi are kadai par palak poori aa kadai par palak poori aa kadai par palak poori ta kya hai nirakshit kehti chuni are dhama sahi ka hum sahi ka ka ke jhoom le michal kaliya maraka chupa in kala na so gaya na chahti kaha hai na naati saajan bas toh hara छुपी लेवत चहत चिया चहत चिहैया का हमारे अभिभावक जैसे कि आप पंचायत भवन पर हो ही कार्यक्रम था एक हर का कार्यक्रम है तरफ तुरंत न्योता है